नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बहुत दिनों से लगभग तीस दिनों से एक महीने से पूरा नवंबर कोई भी व्लॉग नहीं आया है मैं खुद सोशल मीडिया से यूट्यूब से बाकी सभी सोशल मीडिया के जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनसे दूर रहा हूं लेकिन अब दिसंबर शुरू हो, हो चुका है और अब फिर से वापस यूट्यूब पर डेली ब्लॉग्स आएंगे आज का जो व्लाग है ये मैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इतने दिनों के बाद वापस YouTube पर वीडियो बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं मन में कई बार समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें जब आप एक तरीके से एक महीने से जब आप सोशल मीडिया से दूर होते हैं लेकिन फिर भी मैं एक सोशल टॉपिक उठाऊंगा और उसके ऊपर बताता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ मेरे साथ क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई भी काम कर रहे हैं आप नॉर्मल जा रहे थे पर आपने आपने सामने देखा कि किसी ने किसी की गलती थी जिसकी वजह से किसी और को चोट लगी आप बीच में कूद पड़े उस चोट खाए हुए इंसान को बचाने के लिए या उस चोट खाए हुए इंसान को सपोर्ट करने के लिए बट हुआ यह कि जिसने चोट पहुंचाई वो उस इंसान ने जिसने चोट खाई उसको छोड़ करके आपके ऊपर कूद पड़ा वो आपसे उल्टा लड़ाई करना शुरू कर दिया कि आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले कभी ऐसा हुआ है अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अच्छी बात है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरे सामने एक कार जा रही थी और एक स्कूटी से इंसान जा रहा था कार वाले ने ना इंडिकेटर दिए ना ही अपनी स्पीड स्लो करी और उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी जिसकी वजह से जो स्कूटी वाला था वो लड़के टकरा के गिर गया स्कूटी वाले को सपोर्ट करने के लिए मैंने कार वाले को पकड़ा स्कूटी वाला उठा और निकल गया कार वाले ने मुझे पकड़ा और उसने और वो उसकी जो तो तू मैं मैं है वो मेरे साथ शुरू हो गई कि तू कौन होता है कुछ कहने वाला तुम्हें क्या परेशानी हो रही है एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं मतलब अपने आप हाँ को क्या बोलूं कि मैं क्यों हीरो बन रहा था या मैंने क्यों किसी के सपोर्ट के लिए बोला क्या दूसरों को सपोर्ट करना या जिसने गलती करी है उसको गलत कहना भी आज के समय में गलत हो चुका है मतलब ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी कल मेरे साथ लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान है जो चल रहा है सड़क पर या कहीं पर भी है अगर उसने गलती करी है तो उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और जो भी लोग हैं आसपास, वो उसके सपोर्ट में आने चाहिए जिसने चोट खाई है या जिसके साथ गलत हुआ है वो भले कुछ बोले या ना बोले लेकिन गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए ये मेरा मानना है अगर आप भी कभी इस तरीके के किसी सिचुएशन में आए हैं कि आप किसी और की मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं लेकिन आप खुद उस सिचुएशन में फंस गए हैं तो प्लीज़ ऐसे इंसिडेंट को ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप उस वीडियो को भी प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि हम जो भी अच्छाई है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें बता सकें लोगों को और जो आम जनता है जो आम पब्लिक है उसको इनक्रेज कर सकें कि वो दूसरों के सपोर्ट पे, दूसरों की मदद के लिए आगे आए नमस्कार